चल के शौचालय में साफ करने का किसमें तो इतना कूदा किस जो दो दो हजार रूपए दान करता फिर अभी या फुकर इंसान तो है नहीं है जो बंदो में पैसा बांटता फिर अब वो भी पहले बंदों की दस बार लेते हैं तब जाके पैसे देते हैं हेलो मेरे दोस्तों तो कैसे हो आप सभी लोग भूख करता हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे पर मैं अच्छा नहीं हूं क्योंकि मेरे फाइनल पेपर आने वाले हैं तो आज हम बात करने वाले हैं जी ओ जी ओ गो गो, गो नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं आज हम बात करने वाले हैं शुभम लहेंडी के बारे में हां मुझे पता है आपको शुरू शुरू में सुन के गाली सी लगी होगी मेरे को भी लगी थी पर जहाँ तक मुझे पता चला इस बंदे का नाम शुभम लहेंडी है तो आओ बिना किसी देरी करे करते हैं शुरू रुको रुको रुको रुको, रुको गाइस अब पहले तो ये जो नीचे लाल लाल सा बटन दिख रहा है तो इसको दबा दो चैनल के सब्सक्राइब को क्योंकि मैं पहले कभी बोलता नहीं हूँ आज बोल रहा हूँ तो वीडियो को भी लाइक कर दो कमेंट कर दो और चलो फिर भाई गाड़ी पे ऑफर चल रहा है अगर आप इस शोरूम से गाड़ी लोगे ना तो मुझे थोड़ा हो जाएगा। इस बंदे के के लिए तुम दो भी महंगा होने वाला है अब फ्यूल का खर्चा इसके चाचा कहता हो लड़का तो देगा नहीं सर इस शोरूम में गाड़ी पे ऑफर चल रहा है यार जैसे कहीं काम करता क्या हुआ आगे बढ़ा कहते, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो मेरे भाई क्या गलत बोल दिया इन लोगों ने अब पढ़ा लिखा बंदा दो सौ रूपए मार के पर्चे बांटेगा लोग तो यही बोलेंगे अब क्या पता तुम स्कूल के पीछे पढ़ते हो जुबान केसरी वाला बोलो तो क्या होगा तुम क्यों टेंशन ले साथ? अरे अब किस बात की अब वो है ना तुम्हारे साथ अब वो भी पर्चे बांटेगी अब तुम दोनों के मिला के चार की दिहाड़ी हो जाएगी तुम मिल अपना घर चलाना ये कहाँ से आ रहा है तुम्हारा भाई वहीं से आ रहा है जहाँ तीन साल पहले तुम खुद बैठे रहते थे गोब मार लेके गाने चला के पेपर रोल करते हुए ओ, ओ, गंजा, गंजा। जा अपने दोस्त के पास ही रहना और सुन आज के बाद तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है भैया मुझे तो लग रहा है कुछ ज्यादा ही पेपर रोल कर लिए इतनी सी बात किसी को घर से थोड़ी भगाया जाता है और इनकी कहानिया न मिडिल क्लास से मिलती न अमीरों से मिलती न गरीबों से मिलती इनकी कहानियां किसी अलग ही ट्रैक पे और कहीं और ही निकल जाती है भाई हमारी दोस्ती कभी टूटेगी नहीं ना नहीं भाई कभी नहीं बस हमारे दोस्ती के बीच कोई लड़की आ गई फिर भी नहीं बिल्कुल नहीं लहेंडी भैया एक बात बता दूँ ये भाई लोग हैं हैं जो कहते हैं हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी और लड़की के पीछे सबसे पहले यही लोग मार के जाते हैं हैं और फिर बोलते हैं, निकल लेंडी। पहली में में निकल ओके मेरा कॉल आज मैं रिया के बारे देता भाई मुझे कुछ कहना है तो तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा इस लैंडी नाम के के शख्स तो लग गए आपके साथ भी कुछ ऐसी दुर्घटना ना हो तो ऐसे दोस्तों से बहुत दूर रहिए सावधानी बरतिए और चौकन्ना रहिए तो मैं मिलता हूँ आपसे अनूप जोनी अगले एपिसोड में तो मेरे को इजाजत दीजिए जाने की अरे भाई टाइम हो गया मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर लेता हूँ नादाने टाइम पे खाना भी नहीं खाती है ओह माय गॉड कितनी बात कर दी ना लहंडी भैया ने एकदम चूतियों वाली बात करी है मतलब चार साल की बच्ची गर्लफ्रेंड बना रखी है क्या जो अपने आप खाना तक नहीं खा पा रही आजकल की लड़कियाँ चार चार प्लेट चौमिन खा के नहीं डालती और इनकी तो अपने आप नहीं खा पा रही घर में मम्मी क्या मम्मी नहीं है क्या मम्मी की तो शकल देखती है अपने आप हाथ चलने लग जाते हैं थाली पे सुनो मुझे आपसे बेकअप चाहिए लेकिन क्यूँ मेरी गलती क्या है क्यूँकी मुझे आपसे अच्छा लड़का मिलता मुझे लहेंडी भैया के लिए बहुत ही ज्यादा I got brows in the lung jit to lean the frame credit cards and the scums here no leaks in the veins legacies guys no lehndi bhaiya ka fir se kat gaya lehndi bhaiya hame bahut sari seekhe de rahe hain ki agar tum chhapri ho toh ladkiyon se dur raho kyunki kabhi bhi kat sakta hai अरे भाई कैसा इंसान है पहले तो अपनी हर वीडियो में ज्ञान देगा कि किसी की, की, की, की, की डोरे डालने जाते हैं नैन बटक्का करने जाते हैं और फिर जब उनके बॉयफ्रेंड उनको पकड़ ले तो कहते हैं भैया जी तो मेरी बहन है वाँ भाई लैंडी भैया तो खेल गए मतलब तो तो ये बहुत देखा है किसी बंदे की अगर कमीज फटी हो तो वो गरीब अगर उसकी जीन्स फटी हो तो वो छपरी अगर उसका कच्चा बटा हो तो वो मिडिल क्लास जैसे की खत्म करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करे और गाइज मैं रोस्ट कर रहा था ये मजाक है कोई सीरियस ना ले सर का तो, तो सब्सक्राइब भी कर दें शेयर भी कर दें और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक करिए बाय बाय